आरे किस्मत के भरोसे नहीं बेटा मैं मेहनत के दम पे छा गए ये ऑनलाइन गालियाँ तो बच्चे देते हैं तकलीफ हो जाएगी जो हम सामने आ गए हमारा रुकवा ही ऐसा है जनाब अच्छे लोग आप और बुरे लोग बाप कहते हैं